Yeh tum hi ho, ab tum hi ho. Mmm, main film mein tere khandaar hai jo. Meri aahni, tere tukh hai. Meri aashiqui, ab tum hi ho. Dil ka dar laa, main hi gaya. I thought. Put it. बिल्कुल